तो साइड ट्रिप के लिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आपको सबसे पहले एक बेसिक साइड रोल तो इससे आपकी बॉडी का मतलब पलटने की आदत पड़, पड़ जाएगी इससे आपको साइड स्लिप बहुत ज्यादा इजी पड़ने वाली तो वो भी किस तरह से है ठीक है ओके अब इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट करते हैं साइड रोल के साथ साथ आपको उसको तो थोड़ा लॉक करने की कोशिश करनी है और जिस पायर जो पायर आपका फ्रंट में रहने वाला है उसको थोड़ा सा जम देने की कोशिश करनी है ओके जिससे आपको साइड स्लिप में जंप के बाद लॉक करने की थोड़ी आदत पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा इससे आपके साइड फ्लिप तो इस तरह से इस तरह से कुछ जिससे मतलब बहुत काम की चीज है ये so, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए इसको डेली प्रैक्टिस करोगे आपके साइड फ्लिप बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी ये इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया हूँ क्योंकि कई लोगों की साइड फिप मैंने देखा ऑब्जर्व किया हूँ कि साइड से ये उठाते जिससे उनकी साइड फ्लिप साइड फ्लिप नहीं देखती वो बेसिकली फ्रंट फ्लिप हो गई सो साइड फ्लिप आपको करना है तो एक हिसाब से साइड रोल ही मारना है बस को जंप के साथ मारना है और थोड़ा सा अच्छे से टक करके ठीक है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप तो देखा मैंने बहुत बार कि लोग जब जंप लेके आते हैं तो यहाँ से साइड उठाते जब हैं जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है टाइड यहाँ से उठाई जाती है मतलब जो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये वाला मोमेंट लाना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा हमको पता है मेरे को भी हार्ड पड़ा था तो उसके लिए एक टेक्निक है अगर आप यहाँ हो रनअप ले कर गए पहला पे पहले ही साइड में ले लो ऑब्वियस है कि सेकेंड पर आना ही है साइड में जिससे आपको ईजी पड़ेगा साइड ट्रिप उठाने में वर्फेक्ट साइड ट्रिप दिखती थी जैसे कि ये एक पर गया सामने दूसरा पर अपने आप सामने आना ही है आपकी बॉडी अपने आप टेड़ी बनी ही है तो बनिया बन गया साइड ट्रिप के लिए मूवमेंट इसके लिए मैं आपको इसकी दो टेक्निक्स से साइड ट्रिप मारने के लिए जो है सिंगल लेग और डबल नेग तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल लेग साइड बहुत ज़्यादा ईजी है टिकनेस के लिए बहुत ईजी पड़ेगी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो डबल बहुत ही ईजी पड़ेगी तो सिंगल लेक के लिए बस ये ये यहाँ से जंप करो जंप करने के बाद हाथों को तो अंदर की तरफ घुमा के टक्कर देगा इस पैसे जंप इस हाथ से कस कुछ वो इस तरह से दिखेगा जैसे ये गए ये ओके अगर आप ये आदत लगाने में मुश्किल जा रही है तो बस ये करो मच्छर पकड़ो जेब में डालो मच्छर पकड़ो जेब में डालो इससे क्या होगा आपको टक्कर पड़ेगा तो टक भी आपके ऊपर है ऊपर जाने के बाद अगर आप ये टक हो ईजी पड़ेगा बोलना बस मेरी साइड से थोड़ा हार्थ है <laughs> उसके बाद में ये टक है तो मैं आपको पेपर करूँगा कि आप बिगिनर्स हो तो आप ये टक करो क्योंकि इसमें पैर थोड़े से खुले रहते हैं और आपकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है क्योंकि मैं खुद ही को टक करता हूँ क्योंकि वो मेरे को ईजी पड़ती है सो so, अगर आप ये वाला टक करते आप हैं आपने देखा होगा मेरी साइड से बहुत ज़्यादा खुली खुली दिखती है वो इसी के दिखती है क्योंकि मेरे को जल्दी लैंडिंग करना पड़ता है तो इसीलिए मैं पैर ये टक करता हूँ इसकी वजह से आपकी साइड जल्दी लैंड हो जाती है और आपको साइड फ्लिप में लैंडिंग तो मतलब कोई टेंशन नहीं, नहीं रहेगा साइड फ्लिप का सो so, उसके बाद में ये गया टक किया यहाँ पे टक कीजिए यहाँ पे टक कीजिए बस बॉडी को हाथ को रोटेट करना मत भूलना, इससे आपकी बॉडी को रोटेशन मोमेंटम मिलेगा और आपकी साइड फ्लिप लैंडिंग होने के बहुत अच्छे चांसेज हैं तो so, क्लास ट्राई करते हैं आपके ऊपर आए रनअ कितना लंबा लेते हो अगर आप लंबे रनअ से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी साइड टिप आएगी अगर नहीं भी करना चाहते तो टेंशन नहीं थैंक यू गाइज आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा सो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे ग्रोक